き<音声> ब्रेज आउट करेंगे नाइस वेरी गुड चंद करेंगे मे तरफ नीचे वाला पैर सीधा सर नीचे ईजी विथआउट उस तरफ विद आउट ये साइड टाइट थी सीधा सौ चौक हो जाएंगे नाइस। आउट। वन बी उट डॉस नहीं बहुत जिन बहुत सी चल रहा है मतलब <laughs> और एक और करेंगे आप मैं इसको खींचे खींचता हूँ फूठे okay. पैर जमीन पे लगा लो पूरा जाओ एकदम आमर एंड में घूमनी दी तो है, है, है।, है तो उसको खींचेंगे सर उठेंगे ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना जी सर देखा अब बिल्कुल रिलैक्स ब्रीथ आउट बहुत टाइट हैगा रहा हूँ ना बिल्कुल कमर तक जा रहा है Oh. Oh. हुआ उ <laughs> नीचे तक yes. जो मैं फोर्स लगा रहा था हर बार गर्दन कम हिल रही थी uh. पेट और कमर पे सारा फोर्स जा रहा था छोड़ें भी एक बार बार अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे ताकि हाँ? तो, तो आप मूव नहीं, नहीं नहीं नहीं करते हो बिल्कुल घुमाने वाला एक्सरसाइज एक्सरसाइज ये कम कम से से पहले सौ बार एक्सरसाइज के बाद आपकी गर्दन तभी खुलेगी इसी इसी की वजह से चेस्ट जो है बहुत छोटी होती जा रही है गर्दन ना ज्यादा आगे जाती जा रही है जैसे करते हैं ना ठीक है ठीक है पूरा आगे पूरा पीछे और उसी तरह से ठीक है।, है ना जितना हम कर सकते करते